दोस्तों ट्रेन से सफ़र करते हुए क्या आपके माइंड में कभी ये सवाल आया कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है और अगर ये सवाल आया भी होगा तो आपको दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों का नाम आपके माइंड में आया होगा लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों भारतीय रेलवे अपने 68,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे ट्रैक लगभग तेरह के करीब पैसेंजर ट्रेनों और तिहत्तर स्टेशन के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेट है जिसमें लगभग 13 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की लिस्ट में दूसरा स्टेशन भी पश्चिम बंगाल का ही और दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है सियाल तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का हापड़ा जंक्शन देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है यहाँ पे तेईस प्लेटफॉर्म और पच्चीस ट्रैक बने हुए तो इंडियन रेलवे ऐसी जुड़ी आपको जानकारी ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर